हेलो दोस्तों मेरा नाम है अश आपका चैनल हाइडेक्सवर का बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है बाप का बेटा आ गया अरे आप कहीं और ना जाइए बाप का बेटा आ गया बाप का बेटा मत, आ गया मतलब ये है कि YouTube का बेटा YouTube म्यूजिक आ चुका है तो अभी अभी YouTube ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है यूट्यूब म्यूजिक अभी हाल ही में पांच छह दिनों में पहले लॉन्च किया है उन्होंने तो उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि आप लेटेस्ट लेटे वीडियोज एंड म्यूजिक्स बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं जैसे कि आप मान लीजिए जी, आप जियो म्यूजिक का यूज़ करते हैं ठीक है तो यूट्यूब पे कोई भी नया आ, वीडियो आता है या म्यूजिक आता है तो आप जियो म्यूजिक्स तो कह नहीं सकते कि यार मुझे आप जो है ये डिमांड है मेरी ये पूरी करिए पूरी नहीं कर सकता भाई उसके पास तो एक महीने बाद आएगा म्यूज़िक को लेकिन आपको तुरंत ही चाहिए वो म्यूजिक तो इसके लिए यूट्यूब म्यूज़िक ऐप जो है बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहाँ डायरेक्ट वो सॉन्ग आ जाएगा और वहाँ से आप उसको प्ले कर सकते हैं देख सकते हैं अपने हिसाब से और इसमें बहुत ही अच्छी बात है कि आपको तो तीन महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा उसकी कोई फीस नहीं होगी तीन महीने जैसे आपके पूरे होंगे आप अगर चाहें तो आप नाइन्टी नाइन का तीन एक महीने के लिए उसका रिचार्ज है वो आपको करवाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन करवाना पड़ेगा ठीक है तो उसमें अच्छी बात यह है कि उस तीन महीने के ट्रायल में आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक जैसे कि आपने फ़ोन लॉक कर दिया तब भी आपका म्यूज़िक बजेगा ठीक है और आप जैसे कि आप YouTube में आप वीडियोस देखते हैं ठीक है तो उस पर जैसे आप क्लिक करते हैं ऐड्स आते हैं तो लेकिन इसमें यह खासियत है YouTube म्यूजिक ऐप में कि इसमें कोई ऐड नहीं आता है आराम से आप बिना ऐड के आप अपना वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप अपना जो है YouTube का वीडियो जो यूट्यूब म्यूजिक चलाएँगे वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और साथ में आप स्क्रीन लॉक कर दीजिए या कोई और फंक्लाए लेकिन तब भी आपका वो काम करेगा यूट्यूब म्यूजिक है ना बहुत खासियत है साथ में इसके लिए आपको एक ऐप आप चाहिए होगा जो कि YouTube म्यूजिक मैंने अभी पहले ही बताया YouTube यूट्यूब म्यूजिक तो आपको ये प्ले स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा वहां से आप जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और जिन भाई लोगों ने अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकें चलिए तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा प्ले स्टोर पर जैसे ही आप जाते हैं आपको लिखना होगा YouTube Music, YouTube Music, ठीक है जैसे आप YouTube Music लिखेंगे आपको सबसे नंबर वन पे ये मिल जाएगा YouTube Music, म्यूज़िक स्ट्रीम म्यूज़िक इसको आप सिंपल सा इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल कर लिए। मैं चलिए ओपन करता हूँ मैं इसको जैसे मैं ओप इसको ओपन करता हूँ तो ऐसा आता है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ तो मैं साइन इन कर लिया हूँ तो यहाँ पर स्विच अकाउंट साइन इन कर लिया मैंने तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है तो अब यहाँ से कोई भी आ, म्यूजिक आप प्ले कर सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ से आप आर्टिस्ट अपने चुन सकते हैं फेवरेट्स आर्टिस्ट जैसे अरिजीत सिंह हो गया अरमान मलिक हो गया अदनान सामी हो गया बहुत ही आसानी से अपने आर्टिस्ट भी चुन सकते हैं आप अपना यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में एक है लाइब्रेरी लाइब्रेरी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्ले आ जाएगी एल्बम आ जाएगी लाइव सॉन्ग्स आ जाएंगे ये देखिए सब लास्ट प्लेट मेरे सॉन्ग्स हैं ठीक है हॉट टेस्ट में आ जाएंगे हॉट लिस्ट में तो हॉट लिस्ट में वीडियो हॉट लिस्ट जो अभी बिल्कुल हॉट में चल रहे हुए हैं ठीक है तो ये देखिए पहले नंबर पर है दुनिया बहुत ही अच्छा सॉन्ग है मेरे को तो बहुत पसंद आया दुनिया और देखिए आप यहाँ से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं आपको अगर मेम्बरशिप लेनी है तो यहाँ पर टॉप कॉर्नर पर आप जैसे साइन इन करेंगे तो आपका लोगो बन क्या जाएगा तो आप उसको राइट में टॉप कॉर्नर पर उसको जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे आ जाए गेट म्यूज़िक प्रीमियम गेट म्यूजिक पीएम एम पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ ट्राई इट फॉर फ्री फ्री तीन महीने के लिए ट्राई कर सकते हैं उसके बाद निन्यानवे पे प्रति मंथ आपको देना पड़ेगा और इसमें बहुत ही अच्छी खासियत है कि लिसन इन बैकग्राउंड बैकग्राउंड में आपका म्यूजिक बजता रहेगा आप मोबाइल जो है ऑफ़ कर दीजिए लॉक ऑफ कर दीजिए लॉक लगा दीजिए तब भी आपका चलेगा एड फ्री म्यूज़िक है इसमें कोई भी ऐड नहीं आएगा डाउनलोड भी आप आराम से कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको ऐप आप? बताइएगा ज़रूर तो चलिए यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ ये बहुत ही अच्छा ऐप है तो दोस्तों आपने देखा YouTube म्यूज़िक कैसा है उसके फंक्शन हैं क्या क्या है अगर आपको अच्छा लगता है YouTube म्यूज़िक तो आप तीन महीने के फ्री ट्रायल है उसको यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको उसको कंटिन्यू रखना है तो नाइनटी नाइन पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा तीन महीने के बाद तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैं तो कंटिन्यू रखना चाहूँगा सोच रहा हूँ तो आशा है आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जिन भाई लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरे लेटेस्ट लेटेस्ट लेटेस वीडियो आप तक तो बहुत ही आसानी से पहुँचेगी चलिए मैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में भूलता हूँ